परासिया के यूनिक कॉलेज में नवरात्रि के अवसर पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है पिछले दो सालों से कोरोना के कारण सभी तरह के कार्यक्रम बंद थे लेकिन अब कोरोना खत्म होने के बाद इस साल बड़े ही धूमधाम से सभी जगह गरबा उत्सव का आयोजन किए जा रहे हैं परासिया के यूनिक कॉलेज में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गरबा कार्यक्रम हुआ जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों ने भी जमकर नृत्य किया छात्रों ने कॉलेज के डायरेक्टर समेत शिक्षकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि पूरे परासिया में मात्र एक ऐसा कॉलेज है जो नवरात्र से लेकर जन्माष्टमी के पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते आया है आज कॉलेज में आयोजित किया गया सर, आ जाए आप, सभी से कर और कि आप लोग भी नवरा जो जरा आप जानते हैं तो तो हर तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी बाहर